दोस्तों देसी ट्यूटोरियल गुरु में मैं रोनी आपके साथ आज लेकर आया हूँ एक ऐसा एक, एक ऐसा एप्स पीसी एप्स जिसके बारे में आप आ, आ, सुना होगा मगर आपको नहीं मिल रहा होगा डाउनलोड नहीं हो रहा होगा तो जो एप्स है जिस टॉपिक में बारे में बात कर रहा हूँ एक ऐसा एप्स है ऐसा सॉफ्टवेयर है कि फ़ोटो जो निकालते हैं जो बिज़नेस करते हैं जो लोग फ़ोटो निकालते हैं हाँ जो भी हो मतलब आपका काम आ, 60 परसेंट या 70 परसेंट आपका टाइम को बचत कर देगा ऐसा ऐप्स दोस्तों तो आ, वीडियो शूट करने से पहले आपको बता बता, बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है ऐसे वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जो घंटा है वो भी दबा दीजिएगा दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मैं आज अच्छा, बताने वाला हूं, तो बताने वाला हूं जिस एप्स एप के बारे में बोल रहा हूं, वो वो है मिस्टर फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों और इंस्टॉल कैसे करना है देख लीजिए दोस्तों डाउनलोड करने के बाद ऐसा और आपको सी प्रोग्राम सी में किसी में भी आप कॉपी कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद ठीक है मेरा इंस्टॉल किया हुआ है तो आप आ, सी राइड में देखिए मेरा वहाँ पर लिखा होगा ठीक है आप इधर से आप डाउनलोड मतलब इंस्टॉल कर लीजिएगा पहले इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जो काम आपको करना होगा इधर से इंस्टॉल करो पहले और इंस्टॉल करने के बाद ऐप्स को ओपन करो ओपन करने के बाद आपको पहले जो काम होगा दोस्तों डेस्क टॉप में एक फोल्डर बनाना होगा मेरा दिखे बना हुआ है वहीं पर फोटो डालना होगा जो फ़ोटो आप प्रिंट करना चाहते हैं पासपोर्ट हो या जॉइंट फ़ोटो हो जो भी फ़ोटो आप जो प्रिंट करना चाहते हैं आप उधर आप उसको कॉपी कर सकते हैं पहले मैं कॉपी कर कर चुका हूँ इधर देखिए उसको कॉपी करने के बाद आप आ, जो पेपर स्टाइल होगा आप इधर से देख के आ, मतलब डाल सकते हो पेपर स्टाइल में जाकर साइज मेरा सेव हुआ है आप भी सेट कर सकते हो तो मेरा साइज इधर से हम नोट कर नोट कर लीजिएगा दोस्तों पहले दो सौ पैंताली दो जो एक्सॉन का प्रिंटर हो हो हाँ उसका साइज़ ये देखो पासपोर्ट साइज ही तो है पूरा साइज़ लिखा होगा जैसे भी है ऐसे आप डालिए और जॉइंट का भी जैसे भी जैसे भी लिखा होगा जो जो, जो, जो जो लिखा हुआ जहाँ पर जो लिखा है वो डाल लीजिए सेव कर लीजिए और अभी देखिए प्रिंट कैसे होता है बहुत ईजी है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है फटाफट आपका प्रिंट हो जाएगा अब देखो मैं कितना मतलब कितना टाइम बचाता हूँ देखिए सिलेक्ट करिए फोल्डर को सिलेक्ट करिए उधर से फिर फोटो लोड होगा लोड होने के बाद प्रिंट में जाइए प्रिंट कॉन प्रिंट क्लॉथिंग में जाइए दोस्तों फिर आपको एक विंडो विंडो निकल आएगा फिर आपको क्या करना है दोस्तों जो भी मतलब जितना भी आपको फ़ोटो चाहिए आप जैसे लेते हो तीन फ़ोटो या छः फ़ोटो या फिर बारह फोटो जो भी हो आपका और ये चार चार चार बाई छः मतलब फोर बाई सिक्स का पेपर में होता है और टाटल डेट को उठा दीजिए और उधर से फिट कर दीजिए क्योंकि तो अच्छा लगे फोटो ओके कर दीजिए अभी प्रिंट में जाइए दोस्तों फिर उधर से जो भी प्रिंटर है आपको पब्डिस्ट में जाइए आपको क्वालिटी जो चाहिए वो आप मर्जी डाल सकते हैं क्वालिटी डालने के बाद ओके करिए आपका ओके करने के बाद ही आपको प्रिंट आउट बिल्कुल आपसे अभी निकल आएगा तो दोस्तों इतना आसान तरीका है ऐसे पासपोर्ट कर सकते हैं जॉइंट कर सकते हैं जो भी साइज़ आपको चाहिए कर सकते हैं दोस्तों इधर में जॉइंट और पासपोर्ट ज़्यादा लगता है इसलिए मैं दोनों साइज़ यहाँ पे सेट करके रखा है अगर कोई और साइज़ चाहिए तो आ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम जरूर उसका अपलोड कर देंगे तो जॉइंट फोटो करने के लिए थोड़ा बहुत अलग है आप देखिए थोड़ा बहुत अलग है जो बस इसको रोटेड कर देना है ठीक रोटेट कर देना है और फिट कर देना है बस आपको तो मतलब ज्वाइन फोटो निकल जाएगा कोई तो दिक्कत नहीं है दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है बहुत बहुत आसान है ठीक है अब प्रिंट करने से आपको प्रिंट हो जाएगा दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है प्लीज़ आप करिए आपको टाइम बचा बचत हो जाएगा और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी ज़रूर करिए दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए ऐसा शानदार वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और इसी वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि सबका टाइम बचे जय हिंद दोस्तों